राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने वाले मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि आखिरकार कमलनाथ के मुंह पर सच्चाई आ ही गई लेकिन रायपुर में बीजेपी नेताओं पर किस आधार पर एफआईआर कराई गई है इस दौरान उन्होंने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा गृह मंत्री मिश्रा ने कहा की कमलनाथ ने स्वीकार कर ही लिया की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का लाइव ट्वीट हुआ था उन्होंने कहा आपकी यात्रा में ये नारा लगा लेकिन स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे लोग जिस यात्रा में शामिल होंगे तो उस यात्रा से और क्या उम्मीद कर सकते हैं मिश्रा ने कमलनाथ से सवाल करते हुए कहा कि कमलनाथ जी एक बात बताएं, रायपुर में जो एफआईआर हुई क्या वो आपराधिक षडयंत्र नहीं था क्या वो राजनीतिक षडयंत्र नहीं है क्या ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है रायपुर में बीजेपी पर एफ आई आधार आरोप दर्ज की गयी है कमलनाथ जी आखिर सच्चाई आपकी जवाब पे आई गयी हो गया था पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का आपकी यात्रा में ये नारा लगा स्वरा भास्कर जी और कन्हैया कुमार जिस यात्रा में चलेंगे उस यात्रा से और क्या उम्मीद करेंगे लेकिन एक बात कमलनाथ जी बताएं फिर रायपुर में जो एफआईआर हुई क्या वो आपराधिक षड़यंत्र नहीं था क्या वो राजनीतिक षड़यंत्र नहीं है क्या वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं है जो आपने भाजपा के ऊपर रायपुर में